खाली खाली। से चम्मल छा से छतरी छा से छतरी जा से जहाज जा से जहाज धा से झंडा धा से झंडा ना खाली लिंगा खाली ता से टमाटर ता से टमाटर हा से ठटेरा हा से ठटेरा दा से डमरू दा से डमरू धा से डक्कन धा से डक्कन अड़ा खाली अड़ा, अड़ा खाली सात से तरबूज सात से तरबूज फा से थर्मल फा से थर्मल सात से दवात सात से दवात से नांसे नल, नांसे नल, पतंग, पतंग, पतं। फल, फल, बकरी बकरी भालू भालू ला से लट्टू ला से लट्ठू बान से से बन, बन। सा सा से संतरा संतरा, हाथी, हाथी, छा से छी छी ऐसी त्रिशूल ज्ञानी